आदि पुरुष के टीजर के बाद सैफ अली खान काफी सुर्खियों में हैं। जी हां, आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो चुका है पर टीजर टीजर जनता को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। इस टीजर में सैफ अली खान किसी आतंकी से कम नहीं दिख रहे हैं भगवान शिव के अनन्न्य भक्त रावण को किसी पिक्चर में इस तरह दर्शाना सही नहीं है क्या लगता है आपको अब आदि पुरुष बायकॉट की बारी है ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे साथ सिर्फ दखल न्यूज